लोग कैसे हैं तो आज हम देखने वाले कि बेडरोग को उसके आइटम फॉर्म में कौन कौन चीज़ें हरा सकते हैं और मैं जानता हूँ मैं आए नार्मर में हूँ विलेज को ज़रा लूटा था उसमें ब्लैक स्मिथ दा और मिला डायमंड्स और बहुत कुछ तो फिर देखते हैं और मेरा विलेज ज़्यादा कुछ खास नहीं है स्पेशल टाइप का वेराइटी हाउस देख सकते हैं थोड़े से स्पेशल वाले हैं और आप इनका आवाज़ भी सुन सकते हैं काफ़ी मेहनती है यहाँ पर एक ही आएंगो में नॉर्मली की तरह hmm. काफ़ी अच्छे छोटे छोटे गार्डन्स भी है और साथ ही साथ हमारे जगह पर मिलते हैं। मिलता है तो फिर देखते हैं क्या बेडरॉक ये ना ही थे स्ट्रॉन्ग मैं जानता हूँ नॉर्मली लोग बोलेगी कि बेडरॉक है लेकिन देखते है कौन रसिस्ट करता है गाइस संजय गायस कौन रसिस्ट करता है संजय तो फिर ठीक है पहले हम ड्रॉप कर गए मैं जानता थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही होगी तो कोई नहीं सो रही और हाँ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने जो टॉपिक चाहिए वो भी रखना मेरे को फिलहाल के तो ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं हो रहा तो चलो थ्रो करके कर देखते हसी और नैतरा ही तो गायब ही हो जाएगा लेकिन देखते बेड रॉको रुको बेड रॉक भी गायब हो गया हाँ हटर गायब हो गया मुझे बेडरॉक में ये उम्मीद तो नहीं थी आप रखते हैं ये शल्कर बॉक्स इस शल्कर बॉक्स में बेड पूरा है दो दो कर कर हार है कि स्लॉट्स में और इसमें ब्लॉक ने तो राइट हार है ट्वेंटी स्लॉट्स में टू टू लगकर तो फिर देखते हैं। पहले होगा बेडरॉक बेड भी चला गया हुआ हुआ हुआ हुआ वैसे ये तो जाए ये मुझे लगता है।, है इसका मतलब क्या ये है ये कि बेट्रॉप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अब देखते हैं बस ऐसे ही ड्रॉप करने में क्या बेटर जाएगा या फिर शल्कर बॉक्स की वजह से वो टूटा देखते हैं मेरा सारा होप इसने तोड़ दिया हाँ गाइस यही है और चलो देखते हैं एक व्यू ओह देख नहीं पा रहा मैंने सोचा पहले देख सकते है। तो जैसा मैंने वीडियो में बोला था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए फिलहाल के मेरे पास ज्यादा टॉपिक नहीं है तो वीडियोस भी थोड़ी लेट आ रही होगी आई एम रियली रियली सॉरी और मेरे विलेज के बारे में क्या ख्याल है वो भी आप बोल सकते हैं हाँ और एक और बात आपसे याद रखेगा आइटम के फॉर्म में बेड रॉक बहुत ही ज्यादा कमजोर है नतराइट आइटम के फॉर्म में ज्यादा स्ट्रॉक तो मत फूलिएगा और हम रोकते हैं हमारे वीडियो को यहीं पर ही लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस सो कैच इन द नेक्स्ट